की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आईकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुल मेरठ मेरठ के टीपी नगर थाना इलाके में वेल्डिंग के लिए पहुँचे पेट्रोल टैंकर में अचानक हुए विस्फोट से टैंकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वेल्डर गंभीर रूप ऐसी झुलस गया कैंटर चालक बबलू अलीगढ़ का रहने वाला है जबकि वेल्डिंग करने वाला आसिफ गोला मेरठ का रहने वाला है यह घटना रविवार के सुबह करीब साढ़े नौ बजे हुई मौके पर सोचना पाकर ए एस ब्रह्मपुरी में विवेक यादव भी पहुंच गए इस घटना के प्रत्यक्ष दर्शी शमशुद्दीन ने फर्स्ट बाइक को यह जानकारी दी क्या नाम है आपका शमशुद्दीन आज क्या पूरी घटना हुई यहां पर भैया ये गाड़ी काम कराने के लिए आई थी तो हमने ड्राइवर से कहा ड्राइवर मैनोल खोल रहा था हमारा आदमी सुबह के लिए गया चेक करने के लिए इतना भी धमाका हो गया पता नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ अच्छा कितने लोग घायल बताए गए इस परिवार तक तो हमारे ड्राइवर और वो लड़का किस हा? समय की घटना है साढ़े नौ बजे साढ़े नौ बजे की घटना अच्छा पुलिस आई मौके पर पुलिस आई बाद इस खबर में फिलहाल इतना ही आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टी नमस्कार